कोई गिरता है किसी को चोट लगती है सब लोग एकदम मदद करते हैं पानी पिलाते हैं पट्टी लगाते हैं दवा देते है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है तुम्हारी जात क्या है तुम करते क्या हो ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता एकदम सारे के सारे लोग मदद करते हैं ये ही है हिंदुस्तान का इतिहास यही है पंजाब का इतिहास पंजाब का कल्चर और ये आपके महापुरुषों ने गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है इस देश में इस प्रदेश में हिंसा नफरत डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए